तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे बीजी में लैग फिक्स किया जाए ये समस्या भारत का हर एक तीसरे यूजर में पाई जाती है कहीं बच्चे भूखे प्यासे नंगे होकर गेम खेलते हैं और कई बार उनका मोबाइल कई प्रक्रियाओं के कारण रुक सा जाता है तभी मोबाइल फोन को फेंकने की आवश्यकता होती है लेकिन धैर्य बनाए रखना दिमाग को शांत रखना एक अनोखा कार्य है तो आइए जानते हैं कैसे अपना मनोबल बढ़ाया जाए और कैसे हैंग लैगिंग की समस्याओं से दूर रहा जाए तो दोस्तों बात करते हैं टॉपिक नंबर वन की जैसे खाली दिमाग शैतान का घर होता है उसी तरह से खाली मोबाइल का स्टोरेज लैग का घर होता है इसलिए मोबाइल स्टोरेज को भर के रखिए जितना हो सके उतना खचाखच भरिए इस प्रक्रिया को करने के लिए कुछ आसान सी टिप्स है जैसे कि आपको मार्वेल डीसी हॉलीवुड टॉलीवुड सब मूवी गेम सब आपके मोबाइल में भर लेना है आपका मोबाइल अच्छे से खचा भर -खच लेना चाहिए इस टॉपिक को आप अपना के देख सकते हो आपका मोबाइल का हंड्रेड परसेंट फिक्स इससे हो जाएगा मैंने गलत वीडियो पे क्लिक कर लिया बाघान चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ मोबाइल सेटिंग अब आपको करनी है मोबाइल में कुछ सेटिंग जिसकी वजह से आपका मोबाइल का हैंग या लेग बिल्कुल फिक्स हो जाएगा नमस्कार दोस्तों मैं बोल रहा हूँ अमिताभ बच्चन टीवी ऐसी अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की सेटिंग में यहाँ पे आके आपको कुछ संशोधन करना है जैसे कि बैकअप एंड रिसेट वाला ऑप्शन काफी रिसर्च के बाद आपको बैकअप एंड रिसेट वाला ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन में आपको नीचे स्क्रोल डाउट करना है फैक्टर डेटा एंड रिसेट नाम वाले ऑप्शन में चले जाना है उसके बाद में रिसेट फोन बिल्कुल नहीं दबाना है आपको बाहर आ जाना आ जाना जाना है। ब्लूटूथ ऑप्शन में हो जाएंगे। इससे आपके सारे वायरस दूसरे जिसके भी साथ आपने कनेक्ट किया था उसके मोबाइल फोन में चले जाएंगे और आपका फोन लेते हैं टॉपिक नंबर थ्री की सनलाइट तो देखो दोस्तों आपको पता ही होगा कि सनलाइट हमारी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। नहीं <laughs> उतना ही जरूरी हमारे स्मार्टफोन के लिए भी है अगर आपने मोबाइल फोन को धूप में रखा तो उसको काफी सारे मिनरल्स एंड विटामिन प्रोवाइड होते हैं जो कि हम चार्जिंग के थ्रू नहीं दे पाते हैं क्या बात ये क्या बात करते हैं यार अब बात करते हैं टॉपिक नंबर चार की अगर आगे तीन में से कोई भी टॉपिक में आपका लैग फिक्स नहीं होता है तो इस टॉपिक से जरूर लैग फिक्स हो जाएगा पहले आपके फोन को आपको झुककर नमस्कार करना है फिर उसके सामने आपको एक अगरबत्ती जलानी है और मेरे साथ बोलना है जो मैं बोल रहा हूँ अगर तू चाहता है की तेरे को बी एच एप्पल का डिवाइस ना खरीदूँ तो चल जाऊ अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर आपका स्मार्टफोन आपकी बात ना माने ना तो फेंक दो भाई कचरे में उस स्मार्टफोन का कुछ नहीं हो सकता तो भाई आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत सारा नॉलेज दे दिया है इतना नॉलेज स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता एक दिन के लिए अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर ठोकना भाई फीडबैक देना मत भूलना कि मैं क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं कौन कौन सी गलतियाँ की वो सब बताना भी मत भूलना मैं किसी भी बात का कोई बुरा नहीं लगाऊंगा